हेलो मेरे यूट्यूब के दोस्तों तो आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं क्लास स्कोर रैंक तो वाइज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें क्योंकि हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए तो वाइज हम इस गेम में खेलने वाले हैं क्लास स्कोर रैंक तो हमारी जो रैंक है वो अभी ब्रॉन्ज पर है क्योंकि मैंने अभी बीच में जो गेम को है कर दिया था बंद तो गाइस गेम को करते हैं बिना किसी देरी के स्टार्ट तो इस गेम में लेने वाले हैं हम जीएन गन और इस गन से हम करेंगे एक ना एक तो करेंगे तो अभी चलते हैं बंदे को किल करने के लिए देखते हैं कहां पर है बंदा तो गाइस बंदा उधर पर खड़ा है चलो हम उसको मारते हैं तो गाइस उसे मैंने डैमेज तो दिया है मगर वो नॉक नहीं हुआ तो उसे हमारे प्लेयर ने नॉक कर दिया है हम इस बंदे को मारते हैं तो गाइस इसने मुझे कर दिया है नॉक और गाइस इसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ तो नेक्स्ट गेम में हम हमारा गेम प्ले अच्छे से जारी करेंगे तो हमारा ये एक बंदा अभी खेल नहीं रहा ऑफलाइन तो इस बंदे ने देखते हैं ये मारता है या नहीं तो क्या इसने मारा है ओपी वाला शॉट, तो इसके लिए लाइक बनता है तो अभी हमें ये राउंड जीतना है और जीत चुके हैं हम ये राउंड तो अभी हम ये राउंड जीत चुके हैं तो इस गेम में ले गए हम थॉमसन और हमारे पास थॉमसन गन खरीदने के बाद पैसे बिल्कुल भी नहीं मिलती कि हम ग्लूवल ले सकें तो कोई बात नहीं नेक्स्ट तो चलते हैं किल करने के लिए देखते हैं इस राउंड में कितने किले होते हैं हमारे तो इस बंदे का पीछा करते हैं और देखते हैं कहाँ जा रहा है हमने उसे डैमेज दिया है चलो उसे किल करने के लिए चलते हैं अभी अभी वो नीचे की साइड आया आ चुका है तो उसे करते हैं किल अभी वो डैमेज है मेरी मार रहा है वो शायद तो देखते हैं वो क्या कर रहा है उसे मारने के लिए हम चलते हैं पीछे से तो हम आ चुके हैं पीछे से मारने के लिए तो हमने उसे नोक कर दिया तो हमने उससे किल कर दिया है पूरा तो एक बंदा और है इधर पर इसे और मारते हैं तो वो नोक नोक हो चुका है तो गाइज इस गेम में हमारे दो किल हैं तो हमारा नाम आ चुका है तो गाय तीसरा राउंड चलने लगा है हम इसमें लेंगे ए के सेवन हम इसमें लेंगे ए के सेवन हमने ले लिए ए और दो मशरूम हमारे पास इस गेम में भी अभी ग्लू नहीं है ग्लू एक भी नहीं है दोस्तों हमारे संडे को एक कस्टम बनाते हैं अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो हमारे चैनल की लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हमारी नोटिफिकेशन पाने के लिए एक ही वो रास्ता है जो आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव स्ट्रीम और हमारे कस्टम को और एक लाख के बेनर को हम देते हैं क्या अस्सी रुपये वाला टॉपअप क्योंकि अभी हमारा जो यूट्यूब है वो अभी कम सब्सक्राइब क्योंकि आप लोग अभी ज़्यादा मेहनत कर ही रहे सब्सक्राइब करने के लिए तो गाइज हमने उसे नॉक कर दिया है तो उसे किल भी कर दिया है तो अब चलते हैं ऊपर की साइड तो ऊपर है एक बंदा उसे किल नॉक करते हैं पहले और फिर पीछे साइड हमारे एक बंदा है उसे मारते हैं चलो वो बंदा उसे भी किया कर दिया है हम नॉक तो गाइज इस गेम में हमारे हो चुके हैं फाइनल तीन किल तो बचा है एक बंदा और अगर ये लोग गया तो गाइस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम संडे को कस्टम बनाते हैं और ये बंदा कहां पर है उसे देखते हैं पहले ढूंढते हैं अगर ये हो गया तो जल्दी से लाइक बटन दबा देना आप तो गाइज ये बंदा अभी हमें नचा रहा है तो इसने लगा लिया अभी ब्लू तो साइड से चलते ही निकल गया वो बंदा भाग चुका है और हमारा प्लेयर जो है जॉन में नोक हो चुका है तो बस इसे किल करते हैं तो गाइस है हमारी थोड़ी सी एच और बची थी अगर ये हमको मारना चाहता तो मार सकता था तो आज हम तीन राउंड जीत चुके हैं तो इस गेम में लेंगे हम ग्लू क्योंकि हमारे पास एक भी ग्लू नहीं है गन तो हमारे पास है ही ग्लू नहीं है हमारे पास तो चलते हैं वो बंदे ऊपर की साइड हैं अभी तो उन्होंने मुझे डैमेज दिया है और हम मारते हैं अभी मैडी नहीं मारते अभी अभी हम एबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं और गाइस मैं इसे जवाब नहीं दे पा रहा हूँ ये देखो मैं उस टच भी कर रहा हूँ फिर भी जवाब नहीं हो रहा तो इसके लिए सॉरी हमारा जो प्लेयर था वो अभी मर चुका है ये बंदा अभी साइड में है इसे इधर आम दो फिर इसे क्ल करेंगे इसे अभी हमने कर दिया है डाउन तो डाउन तो कर दिया है अभी उसे पूरा किल करते हैं तो मार फाइनली वो मर चुका है एक एक यहाँ आगे की तरफ एक बंदा डाउन है तो उसे मारते हैं पहले तो आज उसने मुझे फिर डेमेज दिया और मैं मैडी मार लेता हूँ इसने मुझे मैडी भी नहीं मारने दी मैंने इसे ही मार दिया आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक, तक लिए बाय